हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट एंड ब्लॉग आज है सिक्स ऑफ जुलाई और आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने आज अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है पिछले कुछ महीनों से ऑलमोस्ट दिसंबर से ही या फिर आप अगस्त से ही बोल दे सकते हैं कि हमारे मार्केट का ट्रेंड थोड़ा नीचे चल रहा था डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा था निफ्टी लोअर लो बना रहा है अभी भी हम सिक्सटीन के ऊपर का क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं लेकिन सिक्सटीन के ऊपर का निफ्टी में हमें क्लोजिंग नहीं मिल पा रहा है अगर 16,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज़ करता है तो फिर हम मान सकते हैं कि वो सिक्सटीन थाउजेंड या 500 तक भी जा सकता है लेकिन अगर 16,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिलता है तो अभी डाउनसाइड खुला हुआ है मार्केट अभी और नीचे आ सकता है इसीलिए किसी भी स्टॉक्स में आप अपना सारा पैसा एक बार भी ना लगाएं छोटा छोटा अमाउंट आप छोटे छोटे क्वान्टिटी में इन्वेस्ट करें ताकि जब मार्केट यूटर्न ले उस समय आपको उसका फ़ायदा हो सके आप कभी भी मार्केट का बॉटम या टॉप नहीं पकड़ सकते हैं इस कारण से आपको छोटा छोटा अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट करते रहना है तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज जिस तो स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सीमेंट्स सीमेंट्स ने आज अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहले कंपनी ने अपना हाई बनाया था दिसंबर में एट दिसंबर को कंपनी ने हाई बनाया था अपना ऑलमोस्ट ट्वेंटी का लेकिन उसके बाद से हमें कंपनी में एक फॉल देखने को मिला इवन मार्केट में ही फॉल आ रहा है जिस कारण से जिसका इफेक्ट हमें सीमेंट्स के चार्ट में भी देखने को मिल रहा है और uh, दिसंबर के बाद कंपनी थोड़ा कॉन्सलेशन फ़ेज़ में रही ये जो फ़ेज़ था ये कॉन्सलेशन फेज़ था फिर कंपनी ने एक बार फिर से दोबारा हाई बनाने का कोशिश किया अप्रैल में लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया उसके बाद फाइनली पिछले तीन चार दिन से कंपनी बहुत ही अच्छा मूव दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को Uh, आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना uh, लो बनाया था uh, करीब बाईस 225 का 2250 बाई, uh, का कंपनी ने लो बनाया था और अभी कंपनी छब्बीस सौ uh, पर चल रही है मतलब कि पिछले एक से दो सप्ते में ही कंपनी का ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का कंपनी ने हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है और अगर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट था यहाँ से कंपनी अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है तो आप बोल सकते हैं कि ट्वेंटी फ़ाइव सिक्सटी ट्वेंटी फाइव सिक्सटी के पास कंपनी का ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट था जो कि हमें परसों कंफर्मेशन मिल गया था परसों कल कंफर्मेशन मिल गया था कंपनी ने क्लोजिंग भी अच्छा दिया था और अगर कंपनी में वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है आ, अभी शायद हो सकता है ये बहुत लोगों के नज़र में अभी नहीं आया है इसलिए इसमें वॉल्यूम कम है लेकिन आप देख सकते हैं कि वॉलीम यहाँ से डिक्रीज़ होते जा रहा है पहले डिक्रीज़ होते जा रहा है तो होप कि कुछ दिन में आ, इसमें हमें अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिले तो इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में यह बात कहा था कि अपना सारा अमाउंट आप एक साथ किसी एक शेयर में ना लगाएं आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करें Uh, अगर मैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप 93000 करोड़ का है कंपनी अच्छी है मतलब क्या आप इसको स्मॉल कैप नहीं बोल सकते uh, या माइक्रो कैप नहीं बोल सकते कंपनी अच्छी है स्टॉक का पी अभी 88 का चल रहा है लेकिन वहीं पे सेक्टर का पी 25 पे है तो आप बोल सकते हैं कि अभी मार्केट uh, फॉल हो रहा है लेकिन स्टिल uh, कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा हाई है ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स से ट्वेंटी से एटी इवन थ्री टाइम्स से भी ज़्यादा है तो आप आ, छोटे अमाउंट में ही आप इन्वेस्ट कीजिए कंपनी में थोड़ा करिक्शन अगर आता है उसके बाद आप जब रिटेस्ट करती है तब आप इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा अच्छा है क्यों क्योंकि इंडस्ट्री के पी के कंपेयर में स्टॉक का पी थोड़ा अभी हाई लग रहा है कंपनी कंपनी का आर एंड आर भी कुछ खास अच्छा नहीं है कंपनी का आर है पंद्रह का और आर है ग्यारह का हम जनरली बीस से ऊपर के आर और आर को अच्छा मानते हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है तो आप इसको आ, आ, ले सकते हैं लेकिन आप ट्रेडिंग पर्पज से लीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी नहीं है नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है ए इंडिया ये ए इंडिया का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर इसमें भी आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है ये कंपनी का ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट चौबीस सत्तर के करीब और अभी कंपनी उस चौबीस सत्तर से कंपनी अभी पच्चीस सौ के आसपास ट्रेड करी है तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने वॉल्यूम में भी हल्का राइज़ है कुछ खास वॉल्यूम नहीं है लेकिन कंपनी में अभी वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है ये सप्लाई uh, करती है कंप्लीट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स को सॉल्यूशन्स ऑटोमेशन एंड पावर टेक्नोलॉजी में और अगर मैं कंपनी की कुछ uh, की uh, इस uh, कुछ रेशियोज़ uh, की बात करूं तो जो स्टॉक का पी है वो भी एक सौ सात का है और वहीं पर इंडस्ट्री का पी अभी पच्चीस का है तो आप इसमें बोल सकते हैं कि uh, स्टॉक का पी थोड़ा हाई है लेकिन ये है व्यूअर्स की अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं उसके आ, उसके प्रॉफिट्स अच्छे आते हैं तो ऑटोमेटिक जो है कंपनी का पी वो बढ़ जाता है भले वो सेक्टर के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा क्यों ना हो तो वही हाल हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहा है एक तो कंपनी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दे रही है साथ में कंपनी का पी जो है थोड़ा ज़्यादा है स्टॉक के आर की बात करें तो अभी पंद्रह का आर चल रहा है और आर ओ का चल रहा है इसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग और मुझे ये लगती है कि सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द होल्डिंग स्टेक का वो प्रोमोटर्स के पास है और कुछ भी परसेंटेज प्लेज नहीं है तो ये दो तीन पॉइंट हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लग रहा है फंडामेंटली uh, कंपनी अच्छी है मैं स्टडी की हूँ इस कंपनी के बारे में तो अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं इसमें कोई दो नहीं है कि कंपनी ख़राब है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है uh, अगर आप अभी यहाँ पर पोजिशन बनाते हैं पच्चीस के आस तो आपका 2300 के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आ, आप देख लीजिए कि आपका कैपिटाइट कितना है लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो 2300 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं बहुत जल्दी ये 2800 का लेवल भी आपको दिखा सकती है कंपनी ये हमारा सेकेंड कंपनी था और आज का जो थर्ड कम्पनी है हमारा वो है ब्लू डार्ट तो अब सीधे हम ब्लू डार्ट के ऊपर चलते हैं ब्लू डार्ट ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड ये अगर मैं कंपनी के बारे में कुछ आपको बताऊं तो ये कंपनी नाइनटीन एटी थ्री में uh, से इन्वॉल्व है ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में ये डोर टू डोर -डो डिस्ट्रीब्यूशन करती है uh, बहुत बार आपके घर में भी शायद ब्लू डार्ट से सामान आया होगा तो शायद सा, आप जानते होंगे जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में हम बात करते राउंड बॉटम का तो इस कंपनी में भी हमें एक राउंड बॉटम देखने को मिला है कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ से आ, मतलब कि 2015 अक्टूबर 2015 का ब्रेकआउट आप कह सकते हैं कि कंपनी अभी दे रही है 2015 से ले इस ल, 2022 तक सात साल तक कंपनी का एक डाउन फेज़ चल रहा था इवन पूरा तो डाउन फेज़ नहीं कहेंगे अक्टूबर से ल, आ, 2015 से लेकर 2020 तक कंपनी डाउन टाउन दाँ, डाउन डाउन ट्रेंड में थी उसके बाद मार्च 2020 के बाद कंपनी में हमें एक अच्छा मूव देखने को मिला है और मार्च 2020 के बाद से कंपनी अठारह से अभी 8000 पे ट्रेड करी है ऑलमोस्ट फोर टू तो फाइव टाइम्स हो चुकी है मार्च 2020 से लेके अभी तक में लेकिन अभी भी कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कंपनी का अगर कुछ मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बहुत छोटी कंपनी है मात्र अठारह करोड़ की कंपनी है वहीं पर स्टॉक का आर काफ़ी अच्छा है फोर्टी परसेंट का और आर ओई कंपनी का फिफ्टी फाइव परसेंट का है तो कंपनी के जो रेशियोज़ हैं वो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं साथ में प्रोमोटर्स होल्डिंग सेवेंटी फाइव परसेंट का है स्टॉक का पी अभी ट्वेंटी एट का है और स्टॉक सॉरी इंडस्ट्री का पी अभी ट्वेंटी एट का है और स्टॉक का पी फोर्टी सिक्स पे चल रहा है तो कुछ ज़्यादा डिफ्रेंस uh, नहीं है लेकिन हाँ तो पी uh, हाई है ले, लेकिन इतना मैनेजबल है इसमें जो मुझे बेस्ट थिंग लग रहा है कि कंपनी का आर और आर दोनों ही काफ़ी अच्छा है और साथ में प्रमोटर होल्डिंग भी सेवेंटी फाइव परसेंट है तो ये पर्सनली मैं भूलूँगी कि मैं अपने अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए एबीबी और ब्लू डार्ट को रखने वाली हूँ क्योंकि इस बियर मार्केट में भी कंपनी ने हमें हाँ बहुत अच्छा एक फिफ्टी ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है दो का ये ब्रेकआउट है अभी वॉल्यूम में उतना राइज नहीं देखने को मिला है लेकिन हाँ कुछ दिन में शायद ये वॉल्यूम राइज होना स्टार्ट हो और फिर हमें एक कंपनी एक और अच्छा बड़ा मूव दे सकती है तो आज हमने तीन कंपनी के बारे में बात किया ब्लूडार्ट के बारे में सीमेंस के बारे में ब्लूडार्ट सीमेंस और एक लास्ट जो हमारा कंपनी था आ, वो वो कौन सा वो कंपनी थी एबीबी इंडिया तो इस तीन कंपनी के बारे में आज हमने बात किया है आई होप आपको एनालाइसिस पसंद आया होगा इस मार्केट में ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बहुत ही कम स्टॉक्स दे रहे हैं के बराबर स्टॉक्स दे रहे हैं ऑल टाइम हाई तो छोड़ दीजिए 52 वीक हाई का भी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है अभी काफी स्टॉक्स हैं जो अभी अब फिफ्टी वीक लो के नीचे ट्रेड हो रहे हैं बहुत सारे लार्ज क्या बहुत सारी अच्छी कंपनी है जो अभी 52 वीक लो के नीचे ट्रेड हो रही है तो इस मार्केट में ऐसे शेयर्स मिलना काफी अच्छा होता है कि हमें लगता है इस पर कन्विक्शन आता है कि कंपनी इस मार्केट में अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जब मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होगा उससे कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है लेकिन किसी भी कंपनी में आप एक साथ ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें छोटे छोटा अमाउंट आप इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से पहले एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें आई होप आपको मेरा आज का एनालिसिस पसंद आया होगा आपको तीनों कंपनी का एनलाइसिस समझ में आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक पर आए